खड़े होकर कुछ बोलना है तो मैं सोचता था कि यार क्या मैं अच्छे से बोल पाऊँगा कहीं दोस्त मजाक तो नहीं उड़ाएंगे सिमिलरली यार हो सकता है जो बच्चे कॉलेज में हों ठीक है काफ़ी बार होता है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि शायद स्टेज पे खड़ी होती है आपको पता होता है वहाँ जाके अगर मैं अपना आइडिया एक्सप्रेस कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक एडवांटेज होगा पर उस शर्म के कारण कि क्या मैं बोल पाऊँगा हम खड़े नहीं होते हैं और वहीं पर वहीं कोई दूसरा मनुष्य उस जाके उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता है और ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी यार हमारी लाइफ में कुछ आ सकती है। तो आज हम सीखेंगे कि यार कैसे आप इसकते हो प्रैक्टिस अगर मैं अपने लास्ट साल के कुछ वीडियो देखूँ या दो साल पुराने वीडियो देखूँ तो मुझे काफी कमियां लग जाएंगी ठीक है सिमिलरली अगर फ्यूचर में जाके मैं आज का वीडियो देखता हूँ तो मुझे इसमें काफी कमियां दिख जाएंगी मतलब प्रैक्टिस के साथ ये चीज प्रूव होती है अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ ठीक है कुछ प्रोफेशनल तरीके भी बताऊंगा और कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो आप घर में बैठे बैठे अपने साथ कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यार ये या आपकी बॉडी है ठीक है हम जो भी एक्सप्रेस करने वाले हैं इससे करने वाले हैं हमें लगता है कि जो हमारे शब्द हैं हम वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं वो मैटर करते नहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा मैटर करती है आपने देखा चिमपैन तो बोलते भी नहीं फिर भी वो वार्तालाप कर लेते हैं ठीक है आपके शब्द मैटर नहीं करते हमारी बॉडी लैंग्वेज अब बॉडी कॉन्फिडेंट दिखनी ज़रूरी है ठीक है कि जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं पहला जो रूल होता है वो ये यार कि हमें भगवान ने दो कान और एक मुंह दिया तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो सुने ज़्यादा और बोले कम इसके दो एडवांटेज होते हैं पहली बात तो जो भी अगला बोलता है उसके अकॉर्डिंगली आप फिर बोलते हो ठीक है हम अपने पत्ते पहले नहीं बोलते हैं एंड सेकेंड यार जब आप अगले की बात सुनते हो तो उसे इम्पोर्टेंट फील होता है और वह और ज़्यादा इंडस्ट होकर अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करता है अब उसके बाद फिर जब हम बोलें तो यार हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं पहले बॉडी बॉडी को हमेशा ओपन रखना है ओपन मतलब कि कभी भी हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे आंटेन सर्दी ज्यादा तो हो या फिर हम कभी भी जैसे होता है ना कुछ बच्चे होते हैं जैसे क्लास के अंदर भी आ रहे हैं बैग तो टांग रखा है तो ऐसे नीचे हो रखे हैं और पैर के सीट के सीट के चल रहे हैं नहीं ये क्लोज बॉडी है आपको बॉडी ओपन रखनी है भाई कुछ बच्चे आते हैं बाउंस करते करते चलते हैं क्लास के अंदर और भाई राहुल कैसा है हाय बोलने के भी दो तरीके हैं और भाई राहुल कैसा है और एक तरह हाय राहुल तो ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा पर ये बंदा जिसने अपनी बॉडी ओपन करी है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार किससे बात करनी चाहिए जाके तो ये कुछ बेसिक्स हैं फिर सिमिलरली यार कुछ और साइंस होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं आपने देखा होगा कि आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो और उसने अपने हाथ ऐसे रख रखे हैं या फिर ऐसे रख रखे हैं तो इनका मतलब होता है कि यार वो आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है आप जब भी बात करें किसी से अगर उसकी बॉडी की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है उसने खोल रखी है मतलब यस ही इज इंटरेस्टेड ठीक है आप भी किसी से बात करें तो हाथ खुले रखें कि और भाई बता कैसा है हाँ मैं सुन रहा हूँ अच्छा हम इसमें ये कर सकते हैं ओ नाइस आइडिया ठीक है तो ये बॉडी खुली हुई है ये बंद नहीं है ग्रेट फिर सिमिलरली यार काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप जेब में हाथ रख के कभी बातें ना करें जेब में जब हम बात रख के बात करते हैं तो यार वो एक ऐसे होता है कि आप अपने आप को एक हायर पोजिशन पर मान रहा है अगले पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देता जेब में हाथ सर्दी का कारण अलग होता है बाकी कुछ होते है ना कि ऐसे अच्छा मत ये एक अच्छा नहीं हमें हमेशा हम्बल एक बॉडी ओपन रखनी चीज़ होती है आपकी पाम कि आप अपने पाम का किस तरफ फेस करते हो अगर आप बेस्ट होता है यार ये या आप किसी भी बोलो हाय कैसा है अच्छा तो इसमें क्या होता है ये होता है कि आप गिव कर रहे हो किसी को और गिव करना एक अच्छी चीज़ है वहीं पर अगर अपना हाथ आप कुछ ऐसे रखते हो रहा भाई इसमें होता फॉर्चुनर तो डाल दूंगा छाती पर है ठीक है तो ये आपका होता है कि भाई आप एटीट्यूड शो कर रहे हो या फिर आप अगले को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो हम हाथ कभी भी ऐसे नहीं रखते ऐसे भी नहीं रखते ठीक है सो तो एक बढ़िया ये ये परफेक्ट एंगल है हाई हेलो ओपन बॉडी आई होप हमें थोड़ी थोड़ी वाइव यहाँ पे समझ में आ रही हो. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझना कि जो भाषा होती है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं काफी लोग सोचते हैं कि यार मुझे इंग्लिश बोलनी आएगी तभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा नहीं वो मीडियम है भाषा सिर्फ एक मीडियम है कि आप हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करते हो आप इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करते हो और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में एक डिफरेंट आर्ट है जैसे कि आप कोडिंग लड़ते हो तो यार आप सेम एल्गोरिदम जावा में भी लिख सकते हो आप सी में भी लिख सकते हो ठीक है आप पाइथन में भी लिख सकते हो तो वो लैंग्वेज हो गई लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ठीक है पर काफ़ी बार क्या होता है कि यार हमारी आजकल जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे इंग्लिश भी ज़रूरी है अब जैसे अगर हम हाई प्रोफाइल जॉब्स की एक बात करें जैसे स्पेशली इंजीनियरिंग हो गई आप अच्छे एक कॉलेज में हो और वहाँ पे बड़ी एमएनसीज आ रही हैं तो उन्हें यार स्पेशली टेक सेक्टर में नॉन टेक में फिर भी आपकी लैंग्वेज मैटर करती है टेक में इतनी मैटर नहीं करती मैन एस आई टी हमारे यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आई थी माइक्रोसॉफ़्ट एमेज़ॉन एप्पल जितनी भी आई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था हम इंटरव्यू के दौरान हिंदी में अपना आंसर बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं ठीक है पर वहीं पे काफ़ी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि सेल्स ओरिएंटेड होती हैं ठीक है जैसे कॉल सेंटर्स हो गए वहाँ पे यार आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मैटर करती है तो हमें यार हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है तो ये लैंग्वेज जो है ये हम कैसे सीख सकते हैं अब यार आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम क्या कर सकते हैं आप मूवीज़ देखें मूवीज़ वो देखें जहाँ पर जो इंग्लिश मूवीज़ हो साथ में आप सब टाइटल्स भी चलाएं जिससे कि हमारी रीडिंग फास्ट हो साथ में यार आप बुक रीडिंग कर सकते हो और बुक रीडिंग के वक्त यार काफी बोर्ड ऐसे होंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा अपने डिक्शनरी में देख सकते हैं पर सारे शब्दों को डिक्शनरी में देखना जरूरी नहीं होता काफी बार क्या होगा आप के साथ पढ़ोगे तो अपने आप आपको मतलब समझ में आने लग जाएगा अब और क्या कर सकते हैं ये तो आपने सीख ली लैंग्वेज सीख ली अब बोलना भी तो सीखना है ठीक है काफी बार आपके बोर्ड में नाइन्टी आ जाएंगे इंग्लिश में आप लिखना जानते हो आप पढ़ना जानते हो पर आप बोलना नहीं जानते इंग्लिश लैंग्वेज तो हम क्या कर सकते हैं तो यार हमें बोलना पड़ेगा आपको महीने भर अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी आप किसके साथ बात करें आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो गर्ल्स में वो फ्रेंड सर्कल बनाना इजी होता है बॉयज में थोड़ा सा मुश्किल होता है बॉयज इस चीज़ को अवॉइड करते हैं फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो आप अपने छोटे भाई बड़े बहन इनके साथ एक पैक्ट बना सकते हो कि यार अगले एक महीने तक हम जो बोलेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे और क्या कर सकते हो अब काफ़ी बार यार कुछ सर्कल नहीं बनता तो आप अपने शीशे के आगे खड़े हो और ये सबसे इफेक्टिव मैथड है कि आप अपने आप से बात करो ठीक है आप कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो कि मैंने अपने ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कैसे करी थी